छतरपुर के जैन तीर्थ क्षेत्र नैनागिरी में चोरों ने निशाना बनाते हुए पांच लाख कीमत के चांदी के छत्र सहित कैश चोरी करके ले गए चोरी की सूचना मिलते ही जैन धर्मालम्बियों में आक्रोश व्याप्त है वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है चोरी की सूचना लगते ही एडिशनल एसपी पी मौके आरोप पहुँचे और मंदिर का मुआयना किया चोर मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुसे उन्होंने मंदिर के सीसी कैमरे को भी तोड़ दिया और पांच लाख की कीमत के चांदी के छत्र सहित कैश चोरी करके ले गए पिछले साल भी इस मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था लेकिन इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ फिर एक बार इस मंदिर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया है वहीं बक्सवा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कल रात में यहाँ है और लगभग चार लाख अठारह जो प्रबंधक द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था उस आधार में है